हेलो एवरीवन तो कैसे हो आप सब आज के वीडियो में बेसिकली आज की ये वीडियो यूट्यूब मार्केटिंग के पार्ट टेन वीडियोस है सारी चीजें सीखी राइट अगर आपने वो सारी वीडियोज नहीं देखी तो प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी आप जाके देख सकते हैं राइट आज के इस वीडियो में हम समझेंगे की परफेक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर योर यूट्यूब चैनल जो बेसिकली हमारा यूट्यूब चैनल है उसके लिए परफेक्ट डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए कब हम समझेंगे कि यह डिस्क्रिप्शन हमारे चैनल के लिए परफेक्ट है क्या रोल होता है बेसिकली डिस्क्रिप्शन का क्या यूज होता है क्या वैल्यूज होती है या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं डिस्क्रिप्शन के इस सारी चीजें आप किस वीडियो में डिटेल में डिस्कवर करेंगे अगर आप वीडियो को एंड तक बने रहें तो अगर आपको ये सारी चीजें सीखनी है तो आपको एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा राइट ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच सके राइट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा चलिए शुरू करते हैं देखिए परफेक्ट डिस्क्रिप्शन क्या होता है देखो डिस्क्रिप्शन तो डिस्क्रिप्शन होता है डिस्क्रिप्शन परफेक्ट तब माना जाएगा जब आप यूट्यूब टीम की अकॉर्डिंग उस पर काम करेंगे जो यूट्यूब टीम खुद कहती है ऐसा थोड़ी कि डिस्क्रिप्शन को हम अपने हिसाब से लिख देंगे भाई YouTube टीम का भी उसमें गाइडलाइन तो भी होती है उनका उनको भी तो फॉलो करना होता सबसे पहले हम इसका रोल समझेंगे कि क्या रोल प्रेजेंट करता है हमारी चैनल के लिए डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन क्या रोल रिप्रेजेंट करता है सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में 200 लेटर्स इससे ज्यादा आप लिख सकते हैं दो सौ कैरेक्टर से ज्यादा के जो शब्द होते हैं या जो एरिया कह सकते हैं ठीक है जो एरिया होता है डिस्क्रिप्शन का मान लीजिए ये डिस्क्रिप्शन है आपका ये description है आपका चैनल डिस्क्रिप्शन राइट मान लेते हैं क्या है आपका चैनल होती है 500 हंड्रेड ठीक है इसकी लिमिट होती है 500 हंड्रेड जिसमें से 200 हंड्रेड आपका यश्यू किया जाता है मतलब कि 200 हंड्रेड में जो आप लिखेंगे चैनल के बारे में लिखेंगे कि चैनल आपने क्यों बनाया है किस लिए बनाया है ऑडियंस आपको क्या क्या सर्च कर सकती है क्योंकि यूट्यूब देखता है कि आपके डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा गया आपका है तो इंपोर्टेंट तो तो बात हो गई नहीं? कि नहीं तो पढ़ेगा कि हाँ भाई ये चैनल यूट्यूब कोर्स के ऊपर काम करता है आपका चैनल कॉमेडी के ऊपर काम करता है या कुकिंग के ऊपर काम करता है तो जब आप अपने चैनल से रिलेटेड की वर्ड आप अपने डिस्क्रिप्शन में यानी चैनल के डिस्क्रिप्शन में 200 कैरेक्टर के अंडर लिखते हैं तो वो तो यूट्यूब फाइंड करता है उसको एनालिसिस करता है और उसके बेस पे कुछ परसेंट ऑडियंस आपको रियल ला के देता है मैं नहीं कहूंगा बिल्कुल यही जो है सब कुछ है ऐसा नहीं है इसके बाद चैनल पे टैक्स भी लगाए जाते हैं टैनल का आपके चैनल का नाम भी थोड़ा सा मैटर करता है इस चीजों में राइट लेकिन ये भी अपना रोल रिप्रेजेंट करता है तकरीबन चैनल के एसियो की बात करूं तो 20 से 30 परसेंट रोल रिप्रेजेंट करता ही करता है right? अब बात आ कि ये, तो ये, ये, ये, ये किस लिए मिला है बेसिकली आप इसमें ये डिटेल में लिख सकते हैं कि आप चैनल बेसिकली क्यों स्टार्ट किए हैं या फिर आप चैनल अपने चैनल के थ्रू लोगों को कौन सर्विसेस देना चाहते हैं कैसी सर्विसेस देना चाहते हैं वो आप यहाँ कर सकते हैं जिसके लिए आपको कितनी लिमिट दी गई है 300 कैरेक्टर की राइट right? तो आप यहाँ कर सकते हैं ये रोल रिप्रेजेंट करता है हमारे चैनल के लिए ये ठीक यू हम आगे अगली वाली वीडियो में समझ लेंगे डिटेल में क्या चीज है, कैसे काम करता है? के लिए यूज करते हैं उसके बाद हम अपने चैनल को इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए राइट right? जैसे कि हम डिस्क्रिप्शन के थ्रू ये प्रेजेंट कर पाए हमारा चैनल किस सब्जेक्ट के ऊपर या कह सकते हैं किस नेश के ऊपर काम कर रहा है या हम किस पर्टिकुलर कैटेगरी पे काम कर रहे हैं ये सारी चीजें हम प्रेजेंट कर सकते हैं अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन के थ्रू राइट तो यूज भी इसका अच्छा खासा है इसके बहुत सारे यूज हो सकते हैं राइट इसका एक और भी यूज है अगर आपका कोई अदर चैनल है तो आप उस चैनल के बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन में लोगों को बता सकते हैं राइट क्योंकि वीडियो का डिस्क्रिप्शन तो लोग देखते ही देखते हैं प्लस चैनल का भी डिस्क्रिप्शन डिटेल में देखते हैं सोचो so, आपकी एक दो वीडियो अगर अपलोड हुई हो और आपके पास ऑडियोस हो तो आपके पास ज... वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज्यादा देखने से पहले आपके चैनल का डिस्क्रिप्शन देखते हैं सबसे पहली बात यह है इसकी अगर वैल्यूज की बात की जाए तो वैल्यूज आप बताइएगा क्या हो सकती है क्योंकि मैं इसके बस यूज बताने वाला हूं देखो इसकी वजह से आपका चैनल ट्वेंटी से थर्टी रैंक पे आ सकता है पहला यूज तो उसके आधार पर बताइएगा कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए कम से कम बीस परसेंट तो वैल्यू होनी चाहिए डिस्क्रिप्शन की आप ये सी कर सकते हैं एक इन्फॉर्मेटिव आप अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन के थ्रू अपने ऑडियंस को एक इन्फॉर्मेटिव मैसेज दे सकते हैं इसके लिए हम ज्यादा नहीं पाँच मान के चले राइट आप इससे अपने किसी भी चैनल के बारे में बता सकते हैं कोई अदर चैनल है तो उसके बारे में डिटेल में बता सकते हैं इसके लिए अगर हम केवल पांच परसेंट रखें तो थर्टी क्या है इसका वैल्यूज है बाकी आ, बाकी जो थर्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट टैक्स पर होता है चैनल के नाम पर होता है अलग अलग कीवर्ड पे होता है उसको भी एक अलग वीडियोस में हम समझेंगे राइट? तो बेसिकली हम क्या लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में कैसे लिखेंगे मैं अभी अपने चैनल का एग्जाम्पल दे आपको समझाऊंगा राइट तो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहे वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें तो शायद जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं हमने एक क्या लिया है चैनल डिस्क्रिप्शन में यहाँ लिखा हुआ है चैनल डिस्क्रिप्शन आपको 500 कैरेक्टर की लिमिट्स मिली हुई है अब इसके बीच आप समझिए कि अगर मुझे अपने चैनल का डिस्क्रिप्शन लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा एक एग्जांपल के थ्रो समझिए और आप अपने चैनल का डिस्क्रिप्शन इस तरीके से लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन है और मुझे लिखना है तो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं कि अबाउट दिस चैनल ठीक अबाउट दिस चैनल इस चैनल के बारे में लिखा इसके लिखने के बाद अब देखिये नीचे हम क्या लिखेंगे छोटे छोटे हम कीवर्ड्स लिखेंगे ठीक है कीवर्ड्स वर्ड्स कहाँ से हम लेंगे बेसिकली हम ये सर्च करेंगे कि हमारी ऑडियंस क्या सर्च कर रही है हमें देखने के लिए हो सकता है आप एजुकेटर हो सकता है आप एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वीडियोस बनाए हो सकता है कॉमेडी से रिलेटेड वीडियो बनाए तो आप ये फाइंड करिए कि आपका जो आपकी जो ऑडियंस है वो किस की पे सर्च कर रही है आपको जैसे मेरी जो ऑडियंस है वो डायरेक्टरी क्या सर्च कर सकती है फ्री यूट्यूब कोर्स राइट right. यही सर्च कर सकती है तो मैं यहाँ लगा दूंगा फ्री यूट्यूब कोर्स लगा दिया क्या कीवर्ड एक कीवर्ड हो गया हो सकता है ये आ, दस से यूट्यूब कोर्स को दूसरा की वर्ड हम लगा देंगे यूट्यूब कोर्स एंड तीसरा right. कीवर्ड वर्ड लगा देंगे यूट्यूब कोर्स फ्री दो ठीक है ठीक है उसके बाद चौथा जो की हम लगा सकते हैं जैसे की YouTube कोर्स in India, ठीक है YouTube कोर्स in India लिख सकते हैं फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं आ, YouTube कोर्स in Hindi, हिंदी में भी लोग देखना पसंद करते हैं और मैं हिंदी में बनाता भी हूँ राइट ये तो रियालिटीज है तो हम YouTube कोर्स in Hindi भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं तो ऐसे मिलते जुलते जितने सारे की हैं आप यहाँ लगा सकते हैं ताकि YouTube का एल्गोरिजम एनालिसिस करेगा और इसके बेसिस पे आपके राइट ऑडियंस तक आपके चैनल को भेजने का काम करेगा और ये दिखता भी है जैसे आपने सर्च किया जैसे आप बिग राइट सर्च करेंगे जब आप अपने YouTube चैनल पे बिग राइट टेक्निकल सर्च करेंगे तो जो ये डिस्क्रिप्शन का इतना सा पार्ट होता है ना डिस्क्रिप्शन का इतना पार्ट आपके आपके चैनल पर यहाँ दिखेगा कहीं भी हर एक ऑडियंस आपकी देखेगी तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा इफेक्टिव है ये तो जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि फ्री यूट्यूब कोर्स तो जैसे ही मेरे चैनल को कोई सर्च करेगा बिग राइट टेक्निकल बिग राइट टेक्निकल जैसे ही ऊपर आएगा मैं यहाँ लोगों को बना भी देता हूँ आप समझने के लिए जैसे बिग राइट टेक्निकल यूट्यूब पर सबसे ऊपर आएगा उसके नीचे इसको उसके नीचे स्मार्ट लेटर्स में लिखा हुआ आएगा फ्री यूट्यूब कोर्स तो यूजर चैनल बिना चैनल पे आए के और चैनल को सर्च करके ये पता कर सकता है कि इस चैनल पे मुझे क्या मिलने वाला है और इस डिस्क्रिप्शन के थ्रू अगर उसे YouTube कोर्स चाहिए तो इस डिस्क्रिप्शन के कारण वो मेरे चैनल पे एंटर करने वाला है और सब्सक्राइब करने वाला है, ये करता है।, चैनल का हमारे चैनल की है। तो इसकी वैल्यूज भी आज के टाइम पे बहुत सारी है तो वैल्यूज की बात अभी छोड़ के हम ये समझते हैं कि जैसे दैट की जो हमने यहां तक लिखा है की वर्ड जितने भी की वर्ड लिखे टू हंड्रेड कैरेक्टर के हो गए लिमिट पूरी एग्जैक्ट टू हंड्रेड कैरेक्टर की नहीं आप इससे आगे भी जा सकते हैं इससे कम भी निपटा सकते हैं लेकिन जितने कम में निपटाएंगे उतना बेटर होगा राइट तो अब सपोज दैट कि 200 या 250 कैरेक्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं 250 बचे हैं 250 में बेसिकली आप इस चीज को हिंदी में लिख सकते हैं कि जैसे आप हिंदी में मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि मैंने लिखा है हेलो एवरी वन वेलकम टू बिगराइट टेक्निकल इस चैनल के माध्यम से हम अपने कोर्स को फ्री में आप तक दे रहे हैं अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं ऐसी चीजें आप अपने चैनल के लिए, लिए लिख सकते हैं हिंदी में हिंदी में नहीं कहने का मतलब ये है कि आपकी ऑडियंस किस टाइप की है हो सकता है आप बेंगोली हो तो आप बेंगोली लैंग्वेज में लिखिएगा हो सकता है आपकी ऑडियंस केवल इंग्लिश जानती हो तो आप इंग्लिश में लिखिएगा हो सकता तो तो तो इसलिए मैंने यहाँ नीचे हिंदी में लिखा हुआ है एग्जाम्पल के लिए यहां में स्क्रीन शॉर्ट भी डाल दूंगा अपने चैनल डिस्क्रिप्शन का और आप भी ऐसे चैनल डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं राइट एक बेस्ट तरीका हो सकता है चैनल डिस्क्रिप्शन लिखने का आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि चैनल डिस्क्रिप्शन क्या है क्या रोल है इसका क्या यूज है क्या वैल्यू है के पे, पे, ठीक है तो आपको ये वीडियो समझ में आये होगी पसंद आये होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक बात अगर हमारा ये कोर्स पसंद आया ना तो प्लीज यार सपोर्ट जरूर करिएगा राइट तो बस आ, इस वीडियो में हम इतने ही सीखने वाले थे अगले वाले नेक्स्ट वाली वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज अस यो यसियो क्या होता है चैनल का यसियो yes चैनल के टैक्स के बारे में समझेंगे चैनल के नाम के बारे में समझेंगे ये सारी चीजें मतलब कि कंप्लीट चैनल यसियो सीखने वाले हैं तो वीडियो को मिस मत करिएगा नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद